नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर को शिक्षा पर्व के रूप में मनाने की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक ये पर्व इसी तरह से चलेगा इस पर्व पर शिक्षकों पर को सम्मानित किया जाएगा और उनके सम्मान में ये समर्पित रहेगा पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट शिक्षा का मंदिर हमारे जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय है ये शिक्षा का मंदिर है इसमें आज मेरा आगमन हो रहा है ये मेरा दूसरा आगमन है इससे पहले मई 2017 में मैं यहाँ आया था उस दिन भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था लगभग 107 करोड़ का और आज भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अथवा तो शिलान्यास किया है ऐसे नई परियोजनाएं लगभग सैंतालीस अड़तालीस करोड़ की आज भी हुई है तो ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स नए बनाए गए हैं इनका चाहे वो नीम का पत्थर रखा गया चाहे वो उद्घाटन किया गया है ये केवल इमारत बनाने के लिए नहीं किया गया है ये हमारे सपनों का मंदिर वो कैसा हो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे उनकी व्यवस्थाएं कैसी बनेगी ये उसके लिए शुरुआत की गई है इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो इस शिक्षा के मंदिर में आते हैं उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं आज ये जो शिक्षा दिवस है इसको हम अगले आने वाले दिनों में शिक्षा पर्व के रूप में मनाएंगे 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक 5 सितंबर की विशेषता हमको मालूम है कि पांच सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो देश के राष्ट्रपति हुए उनके जन्मदिवस वो शिक्षक थे तो उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस मनाया आज से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये क्यों चलेगा हमको मालूम होना चाहिए कि 17 सितंबर हमारे इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो ये दोनों ही विशेष दिवस है इस विशेष दिवस के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं और आज की विशेषता एक और भी है पिछले डेढ़ साल से हम लोग अपने सारे शिक्षा सिस्टम को कोरोना के कारण से कैद कर रखा था हमारी पढ़ाई ये श... कमरों से यानी विद्यालय विश्वविद्यालय के कमरों से कॉलेज के कमरों से बाहर निकल करके घरों में कमरों में बैठ के हम पढ़ते थे शिक्षक प्रत्यक्ष नहीं पढ़ा पाता था ऑनलाइन हम जाकर के पढ़ते थे लेकिन अभी संयोग ऐसा है कि वो सारा कुछ ठीक होने के दिशा में चल पड़ा है और मैं समझता हूं कि अब आगे ये कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है वो यदि नहीं आती है तो एक प्रकार का वो जो हमारा शिक्षा का सिस्टम वो सारा जो कैद हुआ हुआ था उसको हम आजाद कर देंगे और सभी विद्यार्थी सभी शिक्षक विश्वविद्यालय में कॉलेजेस में स्कूलों में आकर के प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे हम एक दूसरे के साथ बैठ करके ज्ञान अर्जन कर सकेंगे तो इसलिए मुझे भी आज इसीलिए इतने बड़े खुले कार्यक्रम में बोलने का मौका मिल रहा कि कोरोना एक प्रकार से थोड़ा सा हमको पीछे हफ्ता दिख रहा है और हमको एक राहत की सांस ले रहे हैं वरना तो सब चीजें डिस्टेंसिंग करो बिल्कुल एक दूसरे से छुएंगे नहीं दूर रहेंगे इकट्ठे नहीं होंगे 50 की गैदरिंग 20 की गैदरिंग पता नहीं क्या क्या हमने सिस्टम बना लिया था लेकिन एक प्राकृतिक ये महामारी उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं तो आज से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं हमने स्कूलों को तो अभी चौथी पांचवी तक खुल दिया है कॉलेजेस का विचार कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का के किस दिन से खोलना है हमारे शिक्षा विभाग के लोग लगातार मीटिंग करके ध्यान करेंगे कि जल्दी ही इन कॉलेजेस को और शिक्षा संस्थानों को हम खोल सके ताकि सब लोग उसमें पढ़ सके शिक्षा के कई आयाम हैं एक आयाम शिक्षा का शारीरिक शिक्षा भी उस शारीरिक शिक्षा में भी हरियाणा बहुत आगे है जैसे हमारे खेती में हरियाणा बहुत आगे है हमारा जो किसान है वो दिन रात मेहनत करके और सबका पेट पालता है जैसे हमारा जवान है देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाकर के अपनी जान की प्रवास किए बिना वो देश की रक्षा सुरक्षा कहता है ऐसे ही हमारा पहलवान भी है हरियाणा का पहलवान अखाड़े में जाकर के और किस प्रकार के खेलों में कितना नाम रोशन करता है इसके लिए भी मैं आपको विशेष आज बधाई और शुभकामना देता हूं कि हरियाणा में इस बार ओलंपिक खेलों में पैरा खेलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया हरियाणा का भी रिकॉर्ड टूटा देश का भी रिकॉर्ड टूटा पैरा ओलंपिक के तो आज तक इस साल को छोड़ दे वर्तमान जो खेल चल रहे हैं इनको छोड़ तो इससे पहले सिर्फ 12 मेडल आए थे सिर्फ 12 मेडल टोटल और इस बार अकेले पैरा ओलंपिक में पिछले 10 दिन से खेल चल रहे हैं इन दस दिनों में अब तक सत्रह मेडल आ चुके हैं और इन सत्रह में छह हरियाणा के दो गोल्ड के हैं दो सिल्वर के हैं दो ब्रॉन्ज के हैं और हमने पैसे की वर्षा इतनी कर रखी है कि इन छह मेडल का हिसाब लगा ले तो इन छ मेडल का ही कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपया बरस गया तेईस करोड़ रुपया ओलंपिक में बरसा था अभी एक आधी का खेल बाकी है और भी कोई मेडल आ सकता है उसके लिए भी मैं हरियाणा के जनता को उन खिलाड़ियों को आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतना ही कहता हूं कि अच्छी शिक्षा यदि आप प्राप्त करेंगे नागरिक बनेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा और अच्छा समाज का निर्माण करना यह हमारा सबका लक्ष्य है कभी भी आत्म केंद्रित नहीं बनना सेल्फ सेंटर्ड कि मैं अपना भला कर लू बाकी दुनिया जाए भाड़ में एक अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता इसलिए मैं अच्छा नागरिक बनकर के सारे समाज की सेवा करूंगा समाज का निर्माण करूंगा और समाज में अच्छे नागरिक कैसे बने ये हम शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक जहां शिक्षा दे अच्छे समाज की निर्माण के नाते से अच्छे नागरिक बनाए उनका विकास कैसे उनको घड़े उनको एक कुम्हार की तरह अच्छे नागरिक बनाने के अंदर उनका योगदान होना चाहिए बुरा उन सब शिक्षकों को जिन्होंने हमारा आपका जीवन ये बनाया है उनको सबको नमन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार